चम्प हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में तो आज आ जा गए हैं मैगडी और हम तीनों मम्मी बेटा और बेटी मैगडी में वैल्यू मिल ट्राई कर रहे हैं वैल्यू मिल में मिलता है एक आलू टिक्की बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ये देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है और कोल्ड ड्रिंक और हमने एक्स्ट्रा लिया है ये पिज़्ज़ा मैकपफ और आइसक्रीम जो हमारी बाद में आएगी तो ये देखिए कितना ही टेस्टी लग रहा है ये बहुत अच्छे से मेह लगा रखी इस पर और बहुत ही सॉफ्ट इसका बन है तो आलू टिक्की बर्गर वैसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और वैल्यू में भी आ जाता है और ये कोल्ड ड्रिंक बहुत टेस्टी लग रही है इसके लिए कोल्ड ड्रिंक का अलग ही टेस्ट होता है और आलू टिक्की बर्गर के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है ये तो वैल्यू वैल्यूमिल बड़ी अच्छी सस्ती पड़ती है हमें नाइनटी नाइन रुपीज़ में ये तीनों चीज़ें पड़ गई हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डील है और ये देखिए आशीन ने ना इसमें फ्रेंच फ्राइज लगा दी आलू टिक्की बर्गर में और अभी मज़े से खा रही है और वहाँ ईशू अपनी अलग मस्ती में लगा हुआ है फ्रेंच फ्राइज़ सबसे पहले वो अपनी फ्रेंच फ्राइज़ खत्म करेगा और बहुत ही टेस्टी है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा इसका है और अगर हम कहीं से बाहर से भी बर्गर खरीदते हैं वो भी फोर्टी या फिफ्टी रुपीज़ का तो वो भी आता ही है तो मैगडी का बर्गर ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा यमी है ये और ये आ गई बारी पफ की तो देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर इसमें बहुत सारी वेजीज भरी हुई हैं और बहुत अच्छी से इसमें क्रीम और मेयोनीज लगा रखी है और ये देखिए कितना ही ज़्यादा क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये तो इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है देखिए पिज़्ज़ा मैक का बहुत ज़्यादा टेस्टी है बहुत ही ज़्यादा यम्मी और इसका बेस्ट टेस्ट आता है कोल्ड ड्रिंक के साथ तो कोल्ड ड्रिंक लेना ना भूले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बहुत यम्मी है सच्ची में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो आप एक बार मैकडी का बर्गर और ये ज़रूर ट्राई करें बहुत टेस्टी है इसका ना कुछ अलग सा ही फ्लेवर ये लोग डालते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है पिज़ा मैकप भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये अभी इशू अपनी ये बर्गर और फ्रेंच फ़्राइज़ में लगा हुआ है देखिए बच्चों की ना अलग ही मस्ती शुरू हो जाती है जब उनको खाने के लिए मिल जाता है देखिए फ्रेंच फ़्राइज़ में ही लगा हुआ है अब तक तो मेरी कोल्ड ड्रिंक भी अब ख़त्म होने वाली है और पिज्ज़ा मैक भी हम खा ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी है मैं जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसकी चीज़ जो है ना जो अंदर भर रखी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ऊपर से क्रिस्पी होने की वजह से ये कुछ अलग सा ही टेस्ट लगता है इसका तो एक बार ज़रूर ट्राई करें थर्टी या थर्टी का है ये पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता हैं। पहले मिल के साथ हमने तो ऐड लिया था तो आप वैसे भी सिर्फ पिजा मैको ट्राई कर सकते हैं अब आ गई हमारी आइसक्रीम यह इशू की आइसक्रीम और यो फ्लरी और ऊपर से इसने चॉकलेट डलवा रखी है बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये ईशू की और ये है मेरी और की कौन वाली आइसक्रीम बहुत टेस्टी बता रहा है इशू और ये है मेरी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा यम्मी है आइसक्रीम भी ना इनकी बिल्कुल अच्छी वाली क्रीम होती है इनकी और बहुत ही अच्छा है इनके कोन का टेस्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है ये तो खाना खाने के बाद मीठा वैसे भी सबको अच्छा लगता है तो आइसक्रीम से अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास तो मुझे वनीला फ़्लेवर चाहिए था तो मैंने वनीला फ्लेवर लिया है चॉकलेट स्ट्रॉबेरी आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं और वनीला बरा भी तो हमारे ब्लॉग को एंड तक देखें